हाई गाइज माई नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में मैं आपके साथ हमारा जो डेटा साइंस मेन्टरशिप प्रोग्राम है उसका मे मंथ का शेड्यूल शेयर करने वाला हूँ सो शेड्यूल आपके स्क्रीन पर है मैं एक बार जल्दी से आपको एक वॉक थ्रू दे देता हूँ सो दिस इज द सेवन मंथ सेवेंथ मंथ ऑफ द प्रोग्राम एंड टिल नाउ वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एज यू नो पाइथन हो गया एस क्यू एल हो गया डेटा अनालस हो गया पैंडास नंपाई इवन मैथ्स फॉर मशीन लर्निंग भी जो था वो भी हमने कवर और लास्ट मंथ अप्रैल में हम लोगों ने मशीन लर्निंग में एंट्री ली और हम लोगों ने बहुत डिटेल में लीनियर एग्रेशन पढ़ना स्टार्ट किया था सो so, अब हम लोग इस पूरे मंथ में मशीन लर्निंग के ऊपर ही फोकस करेंगे सो so, ज़्यादातर टाइम जो हमारा जाने वाला है मई में वो लीनियर मॉडल्स के ऊपर ही जाएगा ठीक है बट उसके अलावा भी हम लोग एक दो एलगोरेदम्स और कवर कर लेंगे इस मंथ तो so, मैं आपके साथ एक बार वीक बाय वीक डिस्कशन कर लेता हूँ सो so, ये जो वीक चल रहा है अभी फर्स्ट मई से लेके मई वाला वीक तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग अभी भी लीनियर रिग्रेशन को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे एज यू नो सबसे फाउंडेशनल एल्गोरिदम है और ये आपको अच्छे से आना चाहिए तो हमने अभी तक लाइक uh, कोफिशियंट like, निकालना सीख लिया है ऑर्डिनरी ली स्क्वेर पढ़ लिया है Uh, इस वीक में हम लोग रिग्रेशन uh, एनालिसिस करेंगे बेसिकली रिग्रेशन का जो रिजल्ट आता है उसको आप एनालाइज करोगे कि वो कितना सही है ठीक है uh, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एंड दैट इज अजम्पन्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन आप ऐसा समझो कि आप जितनी बार इंटरव्यू में बैठोगे आपसे इस टॉपिक के ऊपर सवाल पूछा ही जाएगा ठीक है उसके बाद हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज मल्टी अगेन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे मूव करेंगे जो काइंड ऑफ रिलेटेड है से एंड दैट सिलेक्शन ठीक है तो फीचर सिलेक्शन के ऊपर हम लोग तीन सेशंस करेंगे uh, इस वीक एक सेशन रहेगा और नेक्स्ट वीक दो सेशंस रहेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीक में जो पेड सेशंस है उनमें हम लोग रेगुलराइजेशन uh, का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो यहीं पर हम लोग बायस वेरियंट ट्रेड ऑफ पढ़ेंगे हम लोग रिच रिग्रेशन पढ़ेंगे ला रिग्रेशन पढ़ेंगे एंड इलास्टिक नेट रिग्रेशन पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद आ, एक केस स्टडी में आपको कराऊंगा जो भी अभी तक आपने में पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको एक अच्छे डेटा सेट के ऊपर लीनियर रिग्रेशन एंड टू एंड अप्लाई करना सिखाएंगे कैसे लीनियर एग्रेशन अप्लाई करना है कैसे इसको एनालाइज करना है रिजल्ट को कैसे अगर आपको फीचर सेलेक्शन की जरूरत है तो आप कैसे कर सकते हो रेगुलराइजेशन कैसे अप्लाई करोगे जो भी कॉन्सेप्ट तो आपने पिछले तीन वीक्स में पढ़े होंगे वो हम लोग इस केस स्टडी में लगाने की कोशिश करेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग एक थोड़ा सा एक डीटूर लेंगे लीनियर मॉडल से और हम लोग एक अलग लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग प्यारा सा एलगोरिदम पढ़ेंगे जिसको हम के ई नियरेस्ट नेबर्स बोलते हैं आ, ये एल्गोरिदम रेग्रेशन में भी काम आता है क्लासिफिकेशन में भी काम आता है एंड द गुड पार्ट इज बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड एलगोरिदम है तो हम के पढ़ेंगे के एन में थोड़ा घुस करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्टेंसेज वगैरह पढ़ेंगे फिर हम लोग एडवांस्ड के पढ़ेंगे कुछ वेरियशंस होते हैं केन के वो हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर ट्वेंटियथ को आपके साथ एक छोटा सा मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा अबाउट अ टॉपिक कॉल्ड आरओसी एयूसी सी कर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको क्लासिफिकेशन मेट्रिक के अंदर पढ़ा जाता है तो ये हम लोग ट्वेंटी मे को करेंगे आ, ये जो फोर्थ वीक है ना इस मंथ का इसमें हम लोग दो ही क्लासेस कर रहे हैं उसका रीजन ये है कि इस वीक में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगा तो यहाँ पर एक्चुअली आपकी दो क्लासेस होंगी हम एक नया एल्गोरिथम पढ़ेंगे पी सी ए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस तो पी का जो मेन लेक्चर्स हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे बहुत यूज होता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स वो मैं आपको पढ़ा दूंगा लाइव पढ़ा दूंगा ठीक है uh, उसके बाद वेन आई विल कम बैक आफ्टर द ट्रेवल तो वहाँ पर आपको पी सी ए के वेरियंट पढ़ाए जाएंगे ठीक है कर्नल पी सी ए इंक्रीमेंटल पी सी ए सब कुछ वेरियंट होते हैं वो हम लोग थर्टीएथ को पढ़ेंगे और फिर लास्ट वीक में हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ मूव करेंगे uh, so we'll classes, like एकदम May, we'll जब क्लासेस दो से ज्यादा होती हैं तो वो हम लोग पढ़ेंगे ठीक है ऑल इन ऑल दिस इज द शेड्यूल फॉर दिस मंथ इस मंथ में करियर पे चर्चा क्लासेज नहीं ऐड कर पाया उसका रीज़न ये है कि इस पूरे मंथ में मैं दो बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो अगर करियर पे चर्चा वाली क्लासेज ऐड करते तो फिर मशीन लर्निंग वाली क्लासेस कम हो जाती सो डोंट वरी नेक्स्ट मंथ आई एल बी फ्री लाइक इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल तो वहाँ पे हम एक दो टॉपिक्स कवर कर सकते हैं ठीक है तो या दिस इज दिस इज द शेड्यूल Uh, let me know if लेट मी नो इफ यूनी ये tentative है uh, आपके feedback और मेरे availability के हिसाब से थोड़ा बहुत change हो सकता है But yeah, uh, linear model इस month में हम लोग कवर कर लेंगे एंड नेक्स्ट जो मंथ रहेगा जून का मंथ वहां पर हम लोग ट्री बेस्ड मॉडल स्टार्ट करेंगे विच विल इंक्लूड एलगोरिदम्स लाइक डिसम फॉरेस्ट एक्सटी बूस्ट ग्रेडियंट gradient boost, बूस्ट ये सब हम लोग नेक्स्ट मंथ कवर करेंगे ठीक है तो आई होप आपको शेड्यूल समझ में आया पसंद आया लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट्स मैं पढ़ूंगा ठीक है चलो फिर बाय